हेलो दोस्तों मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे मैं आज बनाने वाली हूँ गार्लिक के पास्ता बनाने वाली हूँ चलो मैं गार्लिक के पास्ता बनाने जा रही हूँ मैं ये 200 ग्राम पास्ता है मैं और गार्लिक सॉस में बनाने जा रही हूँ डाला है दो चम्मच अब ये पा, ये पास्ता डालने जा रही हूँ इसमें मैंने दो चम्मच नमक डाल चुकी दो चम्मच सॉल्ट डाल चुकी ये मैंने आठ टमाटर लिए हैं लहसुन लिया है अब मैं इसका पेस्ट बनाने जा रही हूँ इसमें डालूँगी लाल मिर्ची डालूँगी अब ये मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है अब इसमें मैं दो चम्मच मिर्ची डालने जा रही हूँ चम्मच नमक डाला है अभी इसको 10 मिनट बॉईल कर ये 10 मिनट हो चुके थे ये बॉईल हो चुका है अब मैंने इसको चने में छान चुकी है अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ ऑयल डालने जा रही हूँ दो चम्मच ऑयल डाला है मैंने ये तेल गर्म हो चुका है अब इसमें नमरा गार्लिक का पेस्ट डाल चुकी है दस पंद्रह मिनट तक भूनना है इसको ऑयल नहीं छोड़े जब तक इसको भूनना है अभी ये भूजा नहीं है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कैसी लगी ये मेरी ग्रेवी बहुत सुखी है और मैं डालने जा रही हूँ टमाटर की डाल रही हूँ सॉल्ट डाल रही हूँ रेसिपी मेरी, मेरी तैयार हो चुकी है अब मैं इसको प्लेट में साफ करने जा रही हूँ मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक कीजिए